नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल M2 Knowledge में तो साथियों आ चुके हैं हम राजस्थान जीके की एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ तो साथियों इस टेस्ट सीरीज में हम आपको राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे तो साथियों देखना ना भूलें हमारी चैनल एम टू पर वीडियो को तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो साथियों आज की टेस्ट सीरीज़ होने वाली है साथियों टेस्ट सीरीज नंबर छे साथियों शुरू करते हैं प्रश्नों को साथियों आपका पहला प्रश्न है राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है साथियों राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों जैसलमेर राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है याद रखना दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लिया जाए साथियों आपका दूसरा प्रश्न है 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि धौलपुर दोस्तों लिंगानुपात सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका तीसरा प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बताना है दोस्तों आपको तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो जयपुर है साथियों वो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है याद रखना दोस्तों इसको ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए आपका चौथा प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें साथियों सबसे कम लिंगानुपात है जल्दी दोस्तों कमेंट कर कर बताइए तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि धौलपुर दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका पांचवा प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है राजस्थान के दोस्तों किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डूंगरपुर में साथियों सबसे कम सर दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों इस प्रश्न को याद रखना क्योंकि कई बार यह राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों याद रखना इसको ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका छठा प्रश्न है दो की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों सवाल को दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगानगर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका सातवां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही है बताना है दोस्तों आपको तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाड़मेर में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही है ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका आठवां सवाल है राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है राजस्थान के दोस्तों सवाल को ध्यान से देखना राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है दोस्तों यदि इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो साथियों इसकी जनसंख्या है 6 लाख उनहत्तर हजार नौ सौ दोस्तों जैसलमेर की जनसंख्या है याद रखना दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपका नवा प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है राजस्थान का दोस्तों वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है याद रखना दोस्तों इसको तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयपुर में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है साथियों अगर बात की जाए इसके उत्तर की तो दोस्तों जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है दोस्तों यदि आपसे जयपुर की जनसंख्या पूछे तो दोस्तों बताना है आपको छिहत्तर लाख पचासी 41 दोस्तों जयपुर की कुल जनसंख्या है याद रखना है दोस्तों आपको साथियों आपका 10वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जाति जिसे दोस्तों एस की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साथियों श्रीगंगानगर में अनुसूचित जाति एससी एससी की जनसंख्या दोस्तों अनुपात में सर्वाधिक है ऑप्शन डी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका ग्यारहवा प्रश्न है राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है बताना है दोस्तों आपको कि राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छठवां स्थान है ऑप्शन सी दोस्तों लॉक कर लिया जाए याद रखना दोस्तों इस प्रश्न को साथियों आपका बारहवा प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का न्यूनतम अनुपात है दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जाति एस सी की जनसंख्या का न्यूनतम अनुपात है सबसे कम अनुपात है साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डूंगापुर जिले में दोस्तों जो एस कास्ट है उसकी जनसंख्या का अनुपात न्यूनतम है ऑप्शन डी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका तेरवा प्रश्न है जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान है दोस्तों जनसंख्या के अनुसार जो राजस्थान है राज्य है उसका देश में कौन सा स्थान है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश में दोस्तों ऑप्शन सी आठवां स्थान है दोस्तों यदि बात की जाए राजस्थान की टोटल जनसंख्या की तो दोस्तों 2021 दो की जनगणना के अनुसार 8 करोड़ 7 लाख चौबीस हजार दोस्तों चौरासी इसकी जनसंख्या बताई गई है दोस्तों लगभग 8.7 करोड़ के लगभग दोस्तों इसकी जनसंख्या बताई गई है ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका चौदहवा प्रश्न है देश के कुल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है जो दोस्तों देश में दोस्तों कुल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या राजस्थान राज्य में निवास करती है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.67 करोड़ जनसंख्या दोस्तों राजस्थान में निवास करती है ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर लिया जाए आपका इस टेस्ट सीरीज का आखिरी सवाल है वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है दोस्तों बताना है आपको वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है कमेंट करके कर, कर बताइए दोस्तों जल्दी तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्स करोड़ दोस्तों वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है ऑप्शन सी को दोस्तों साथियों आज का वीडियो बस यहीं तक यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि दोस्तों जब भी हम कोई राजस्थान जीके से रिलेटेड वीडियो छोड़ें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद